दिल कहता है तू तो है यहाँ तो जाता लम्हा थ जाए वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए